प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं नमस्कार बच्चों आज का हमारा पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते और हरिशंकर परसाई जी ने इसे अत्यंत रोचक भाषा में लिखा है लेखक ने कहा कि प्रेमचंद का एक चित्र उनके सामने है उस चित्र में वे पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं उन्होंने अपने सिर पर मोटे कपड़े की एक टोपी पहन रखी थी कुर्ता और धोती पहनी हुई थी जैसे कि पुराने समय में लोग पहना करते थे कानों के साथ का भाग कुछ चिपटा हुआ था और गालों की हड्डियाँ कुछ उभरी हुई थी किंतु उनकी मूछें काफ़ी घनी थी जिससे उनका चेहरा भरा भरा सा दिखाई दे रहा था उन्होंने कैनवास के जूते पहन रखे थे और उसके फीते जो थे वो सही तरीके से लापरवाही से बांधे हुए थे और बंद जो बांधने की जो रस्सियाँ होती हैं जूते की उन पर लोहे की पतरी निकल आई थी और यही कारण था कि जूते के सुराख में उन्हें डालने में कठिनाई होती थी इसलिए जैसे तैसे उन्हें बांध लिया गया था उनके दाहिने पांव का जूता तो ठीक है यानी राइट जो पैर है उसका जूता ठीक है लेकिन लेफ्ट का कुछ फटा हुआ जूता था और उसमें आगे की ओर एक बहुत बड़ा छेद हो गया था जिसमें से उनकी उंगली बाहर दिखाई दे रही थी और यह सब लेखक इसलिए बता रहा है कि साहित्यकारों की उस समय जो है कैसी दशा थी यह वर्णन करने के लिए यहां पर लेखक ने बताया है और प्रेमचंद के फटे जूते इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उनके पास धन का अभाव था पैसे का अभाव होता था और फिर कहते हैं कि जब उन्हें ऐसा दिखाई दिया तो उन्हें यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी लेखक को और लेखक को थोड़ा क्रोध आया कि क्या फोटो खिंचवाना ही था तो ठीक से जूते ना पहन लेते फोटो ना खिंचवाने से क्या बिगड़ जाता यानी कि लेखक कहता है कि बुरी फोटो खिंचवाने से तो ना खिंचवाना ही ठीक रहता किंतु फिर वह सोचता है कि शायद फोटो खिंचवाने के लिए पत्नी ने कह दिया होगा और प्रेमचंद जी पत्नी की बात को टाल नहीं सकते थे इसलिए उन्होंने यह कहा होगा कि अच्छा चल भाई कहकर फोटो खिंचवाने के लिए बैठ गए होंगे किंतु दुख की बात यह है कि आदमी के पास फोटो खिंचवाने के लिए भी कोई अच्छा जूता ना हो यहाँ पर लेखक दुखी होता है और सोचता है कि शायद प्रेमचंद के पास भी दूसरा जूता ना हो इसीलिए वो फटा हुआ जूता पहन करके फोटो खिंचवाने के लिए बैठ गए होंगे फिर वह लेखक की विवश्ता प्रेमचंद की विवशता पर विचार करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे दुखों को अनुभव कर रहा हूँ महसूस कर रहा हूँ कि तुम कितने दुखी होगे और मेरा मन रोने को कर रहा है अर्थात लेखक को क्या लगता है कि उनकी मजबूरी समझ में आ जाती है प्रेमचंद जी की और उनकी आंखों में जो दर्द है उसे देख करके रोने का मन लेखक का करता है यहाँ पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी की ओर संकेत किया है और उनके पास जो अभाव है जी उनके प्रेमचंद जी के पास उनके बारे में लेखक बात करता है साथ ही उसे सहानुभूति भी होती है फिर सलाह भी वह देता है कि कम से कम जूता नहीं था तो फोटो खिंचवाना कौन सा जरूरी था और यदि फोटो खिंचवाना ही था तो जूते तो ढंग के पहन लिए जाते फिर वह कहते हैं कि तुम फोटो के महत्व को नहीं समझते हो क्योंकि लोग फोटो देखकर ही व्यक्ति के महत्व का आकलन करते हैं कि व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है फिर कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे पास जूते नहीं थे तो किसी से अच्छे जूते मांग लेते फिर वह व्यंग्य करता है लोगों पर कटाक्ष करता है कि लोग तो मांगा हुआ कोट पहन करके दूल्हा बन जाते हैं लोग तो मांगी हुई कार से बारात में चले जाते हैं जिससे लोगों की नज़रों में शान शौकत बढ़ जाए यहाँ तक कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए दूसरों की बीबी भी मांग लेते हैं अर्थात दूसरे की बीबी के साथ फ़ोटो खिंचवा लेते हैं और तुम हो कि तुमसे तो जूते भी नहीं मांगे गए इसलिए फिर वह वापस प्रेमचंद जी को कहता है कि तुम तो फोटो का महत्व नहीं समझते हो लोग तो खुशबूदार तेल लगा करके फोटो खिंचाते हैं ताकि फोटो में से भी खुशबू आए यहाँ पर फिर से व्यंग्य किया गया है गंदे से गंदे आदमी की भी फोटो में खुशबू दिखाई देती है गंदे से गंदे आदमी भी बन संवर्क करके फोटो खिंचवाते हैं ताकि वे फोटो में सुंदर लगें यहाँ पर फिर से हम प्रेमचंद जी की सादगी को देख सकते हैं और दिखावे की जो प्रवृत्ति चल रही है समाज में उस पर लेखक ने व्यंग्य किया है उसके बाद फिर से लेखक कहता है कि टोपी और जूते की कीमत को लेकर समाज में जो दृष्टिकोण है टोपी आठ आने की मिल जाती है जूते पाँच रुपए से कम के नहीं मिलते यानी कि टोपी की कीमत जूतों से बहुत सस्ती है जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है और अब तो कीमत और भी बढ़ गई है एक जूते के बदले पच्चीसों टोपियाँ निछावर करते हैं अर्थात एक जूते की कीमत में 25 टोपियां खरीदी जा सकती हैं, जबकि जूतों की अपेक्षा टोपी का स्थान ऊंचा है यानी अधिक सम्मान्य होना चाहिए लेकिन जो चीज सम्मानीय नहीं है वह अधिक कीमती है यहाँ पर फिर से वह व्यंग्य कर रहा है कि भाई जो चीज इतनी कीमती नहीं है उसकी कीमत ज्यादा है और टोपी सर पर रहती है तो भी कीमती नहीं है टोपी तो और जूते की कीमत का अंतर बताकर के यहाँ पर समाज में व्याप्त ऊंचाई और निचाई का जो समान का फर्क है उस पर लेखक ने व्यंग्य किया है प्रेमचंद की आर्थिक दशा भी यहाँ स्पष्ट दिखाई देगी और जो लेखक की शैली है वह व्यंग्य से भरी हुई या व्यंग्यात्मक शैली उसे हम बोलते हैं फिर वह कहता है कि मेरा जूता भी अच्छा नहीं है अर्थात मेरी आर्थिक दशा भी अच्छी नहीं है दिखने में, में मेरा जूता ऊपर से अच्छा लगता है किंतु जैसा दिखाई देता है वास्तव में वैसा नहीं है यानी कि मेरी आर्थिक दशा देखने भर के लिए अच्छी है मैंने तो इसे छुपा रखा है ऊपर से जैसे जूता ठीक दिखता है लेकिन तल्ला जो है जूते का वह टूटा हुआ है और अंगूठा जमीन से रगड़ खाता है पहनी सख्त मिट्टी आने पर तो रगड़ खाने पर खून भी बहने लगता है अंगूठे से और इस तरह से पूरा तला गिर जाएगा तो पूरा पाँव ही जख्मी हो जाएगा फिर से वह कहता है कि आर्थिक दुर्दशा जो है ऊपर से अच्छी दिखाई देती है लेकिन उसे छुपाने का प्रयास किया गया है अब कहता है कि प्रेमचंद की तरह उनके जूते से उंगली तो दिखाई नहीं देती है लेकिन तले में से उन्हें चोट लगती रहती है यहाँ पर प्रेमचंद की दयनीय आर्थिक दशा के साथ साथ खुद की जो दशा है उस पर भी उन्होंने कुछ पर्दा डालते हुए पर्दा डालने की प्रकृति जो है उनकी प्रवृत्ति है उस पर व्यंग्य किया है लेखक की भाषा काफी सरल है फिर है फिर वह बताता कि प्रेमचंद जीवन में परिस्थितियों से समझौता नहीं कर सके और यही उनकी सबसे बड़ी कमी थी क्योंकि समझौता करने वाले लोग सुखी जीवन जीते हैं और जो लोग समझौता नहीं करते हैं उन्हें जीवन में कष्ट उठाने होते हैं और यही कमजोरी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास गोदान में भी हमें दिखाई देगी जिसका हीरो जो था होरी था होरी है इसका हीरो का नाम वह कभी भी समझौता नहीं कर सका और नेम धर्म की पालना उसके जीवन की कमजोरी बनी रही हमेशा के लिए नेम धर्म उसके लिए बड़ा बंधन सिद्ध हुआ किंतु फोटो में प्रेमचंद जिस अंदाज से मुस्कुरा रहे थे उससे लगता था लगता है कि उनके लिए शायद यह नेम धर्म बंधन नहीं अपितु मुक्ति थी नेम धर्म किसे कहता है अपने नियमों पर जो लोग बने रहते हैं कर्तव्य का जो पालन करते हैं उसे नेम धर्म बोलते हैं लेखक ने उनकी जो फटी हुई जूते से जो बाहर उंगली दिखाई दे रही थी उसमें उसे देख कर कहा यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती हुई थी लगती है कि जिस वस्तु से तुम घृणा करते हो वो, उसकी तरफ तुम हाथ से नहीं पांव की संगुली से संकेत करते हो यानी कि वह प्रतीक है समाज में व्याप्त बुराई की और संकेत करने का अभी नेम धर्म का पालन जो है प्रेमचंद के लिए उसकी मजबूरी नहीं है बल्कि उसका कर्तव्य है उसे बोझ नहीं लगता है नियमों में या कर्तव्य का पालन करना किसी के दबाव में आकर के वह कर्तव्य का पालन नहीं करता है बल्कि उसके लिए वह खुश अनुभव करता है इसीलिए लिए नेम धर्म उसके लिए कोई बंधन नहीं है मुक्ति है नेम धर्म उसके लिए जंजीर नहीं है इसलिए उसे कोई जंजीर उसमें नज़र नहीं आती है केवल मुक्ति का साधन ही है जिससे वह खुश रहना पसंद करता है और अपनी जो उसकी आर्थिक दशा है उसका जिम्मेदार होने का उसमें कोई गम नहीं है इसलिए वह हमेशा अपने जीवन की जो दुर्दशा है उसे दुर्दशा नहीं मानता है और उससे खुश रहता है निम्न धर्म का पालन करना उसे अत्यंत पसंद है इस प्रकार से आज मैंने आपको यह है अगर आपको इससे संबंधित गाइडबुक लेनी है जिसमें मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पढ़ाए थे तो आप मैंने आपको सेलर का नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से ले सकते हो काफ़ी बच्चों ने इसका नाम भी पूछा था और हमने बताए भी हैं हर बार सारे कमेंट्स का जवाब देना संभव नहीं हो पाता है हमने बुक्स के नाम भी बताए थे इसमें दो तरह की गाइड आपको मिलती हैं एक एमबीडी और एक दीपक दोनों के लिए आप सेलर से कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको उपलब्ध ना हो थैंक यू फॉर वॉचिंग